दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल रामजे यूट्यूब चैनल मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट रामजे दोस्तों मैं आज आपके लिए एक रियल रिसर्च एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसमें आप लोगों को केवल सर्वे कंप्लीट करना है और सर्वे कंप्लीट कराई आप लोगों को प्ले फ्यूल टोकन मिलेंगे पी टोकन जैसे कि आप लोग इस्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों मैं बता दूँगी पहले ये अपल्लीकेशन पी टोकन दिया करता था दोस्तों ठीक है ना तो अब ये प्ले फ्यूल टोकन देता है तो मैं बता दूँ आप लोगों को अगर आप लोग वीडियो में आए हैं तो मैं आप लोगों को सब बताऊंगा ठीक है ना ये प्ले टोकन जहाँ ढेर सारे एक एक्सचेंजों में लिस्ट है जैसे कि हॉटबेट हॉटबेट का मतलब कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अभी इसके ऊपर मैं रियल रिसर्च का डाल दूंगा ठीक है ना दोस्तों मेरे लिंक से आप लोग डाउनलोड करिएगा तो पाँच टी टोकन आप लोगों को मुफ्त में मिलेंगे ठीक है ना तो सर्वे कम्प्लीट करोगे तो प्ले फ्यूल टोकन मिलेंगे ठीक है ना दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये ऐसा सर्वे आता है तो यहाँ पर स्टार्ट करना है ठीक है ना दोस्तों तो आप लोगों को बस इसी टाइप से सर्वे कम्प्लीट स्टार्ट करना है और स्टार्ट सर्वे करना है आई एम एग्री बस कंफर्म ये पंद्रह क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे इनका आराम से बढ़िया पढ़ के जवाब दे देना है दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोगों को सर्वे का टिप लास्ट वाले जो दो तीन क्वेश्चन हो उनको आप लोग थोड़ा आराम से करिएगा बाकी पहले वाले तो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं दोस्तों बता दूँ कि आप लोग इस अप्लीकेशन में वर्क करिए इसमें जेनविन अर्निंग होती है और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग आओगे तो ईमेल वेरीफाई कर लेना और ईमेल वेरीफ़ाई करने के बाद यहाँ क्लिक करना ये लिखा है केवाईसी लेवल तो दोस्तों मैं बता दूं कि नौ लेवल तक आप लोग अपनी केवाईसी कर लेना नहीं तो सर्वे नहीं आ पाएंगे आप लोगों के उसमें ठीक है ना तो दोस्तों ये देखिए मेरा नौ लेवल का के है आप लोगों के बारे में केवल डिटेल पूछी जाती है दोस्तों ठीक है ना तो नौ लेवल तक कर लेना अब मेरे लिंक से करोगे तो तुम्हें पाँच टी टोकन मिलेंगे दस टी टोकन मुझे मिलेंगे और पाँच आप लोगों को मिलेंगे ठीक है ना मेरे लिंक से करना फ्रेंड और मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोग इसमें ज़्यादा अधिक अर्निंग कर अर्निंग करना चाहते हैं तो आप लोग रिफर बनाइए देखिए इसमें लिखा है रिफलर विल रिसीव टेन टी एन रेफरेंस विल रिसीव पाँच टी ठीक है ना दोस्तों ये लिखा है साफ साफ नोट देट रेफरेंस मस्ट कम्प्लीट के लेवल नाइन ठीक है ना इन ऑर्डर द बोट रिफ्रेंसेज ठीक है ना दोस्तों तो मैं ये बता दूं कि केवाईसी लेवल आप लोग अपना कर लेना और इसमें आप लोगों को प्ले फ्यूल टोकन मिलेंगे दोस्तों जैसा ये सर्वे आता है इसमें पंद्रह प्ले फ्यूल टोकन ठीक है ना दोस्तों तो ये बहुत ही जेनविन एप्लीकेशन है इसमें आप लोग आई डी कर लेना थोड़ा बहुत ठीक है ना दोस्तों तो इसमें नोटिफिकेशन में देखिए सर्वे आते हैं ढेर सारे ठीक है ना दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें विड्रा विड्रॉ की कोई प्रॉब्लम नहीं है सीधा आप लोगों के वैलेट में आ जाता है ठीक है ना मैं आप लोगों को वैलेट में ले चलता हूँ ठीक है ना दोस्तों ये देखिए मेरा टीएनसी एन सी क्वेंट टेन है और ये प्ले फ्यूल टोकन साठ है ठीक है ना अभी मैं एक सर्वे कंप्लीट करूँगा पंद्रह वाला तो मेरे पचहत्तर हो जाएंगे ठीक है ना दोस्तों तो इनको सीधा यहाँ पर क्लिक करना है और आप लोगों को मैं लिंक डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा एक्सचेंज का ऑडबिट का ठीक है ना दोस्तों मेरे लिंक से करना दोस्तों बस आप लोगों को बस सेंड करना है चाहे टीएनसीओ एन चाहे प्ले फ्यूल हो ठीक है ना यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस डालना है हॉटबिट का या किसी भी एक्सचेंज का आप लोगों को अगर दिक्कत पड़ रही हो तो कमेंट में करके पूछ लेना ठीक है ना दोस्तों तो यहाँ से सेंड करके वो आए एक्सचेंज कर लेना मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जेनविन अर्निंग है दोस्तों ये पार्ट टाइम में आप लोगों को इतना अच्छा जो है तो वर्क मिला है दोस्तों कि आप लोग इसको मिस ना करना दोस्तों क्योंकि इसमें पर डे सर्वे आते रहते हैं ठीक है ना दोस्तों तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में डला है और जाइए और रोज़ सर्वे कंप्लीट करिए अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर जो है तो कमेंट करके पूछ लेना दोस्तों ठीक है ना तो मैं इस टाइप की दोस्तों वीडियो लेकर आता रहता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को यार लाइक कर देना यार इतना मेहनत से बनाता हूँ मैं वीडियो ठीक है ना दोस्तों तो यार मैं ये तो बोल रहा हूँ कि आप लोग दो तीन फ्रेंड को इन्वाइट कराइए इसमें न करवाइए तो केवल आप लोग ही सर्वे कम्प्लीट करिए इतना आप लोगों को पैसा आएगा कि आप लोग क्यों आप लोगों का पॉकेट मनी बेकैदे अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो ठीक है ना तो आप लोगों की पॉकेट मनी बढ़िया बनी रहेगी ठीक है ना दोस्तों तो मेरा टेलीग्राम वाला चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि मैं कभी कभी वीडियो उस टाइप की नहीं बना पाता तो अपने टेलीग्राम में डाल देता हूँ ठीक है ना दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों इस टाइप की मैं वीडियो लेकर आता रहें तो यार तुम लोग यार मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और बेलाइकन को जरूर प्रेस कर देना ठीक है ना दोस्तों मैं चलते मिलते हैं अगली वीडियो में